बहन आज भी चाय कुछ नहीं बनी वो वो क्या वो वो वो करिए आज चाय भाभी ने बनाई साली भाभी बना तो कौन है जी तुम्हें चाय बना तुम्हारी भाभी वाह तो बहन थी चाय चाय साड़ी चाय तोड़ देखो हम बैठ कर बाहर चल जाते हैं ना है? उसके लिए सबसे पहले तुम सामने आओ। था सॉरी गलती से पीछे वाला कैमरा हाँ अब अब सही तो चाय एकदम अच्छी थी तो अभी क्या नागिन डांस के गाने के लिरिक्स लिख रहे थे क्या मतलब चाय अच्छी थी अगर सिर्फ चार पाँच चम्मच शक्कर और डाल देते तो मज़ा आ जाता और चाय पत्ती ज्यादा कुछ कम नहीं थी सिर्फ तीन चम्मच कम थी और इलायची तो हमारे घर में सिर्फ़ एक बची है तो, वो तो तुम सकते लेकिन तुम एक करते ज्यादा बड़ी नहीं की बस छोटी सी छोटी सी तू नहीं डाल तो इतनी अच्छी बनानी है तो अपनी बहन से बना लो ना <laughs> एक बात बताओ मुझे तुम कि तुम है मेरी बहन से क्या है इसे खुद से ही पूछ लो ना कि मेरे को इससे क्या है ऐसा क्या दिया जो ये तंदूर से पीटी बजाने की कोशिश करिए भाई भाभी एकदम झूठ बोल रही है सुना क्या बोल रही है क्या सुनो दो महीने नहीं हुए क्या नहीं अभी दो दिन बाकी है अब तुम भी कुछ सुनो कभी कभी लगता है कि कि नहीं भगवान। सॉरी सॉरी सॉरी ये डायलॉग हाँ, कभी-कभी लगता है है। तेरी सही कह रही है। भाई तुम्हें पता है भाभी का मुने के साथ क्या बात करे वो छोटा मन से अपने को कहम को तुम्हारी oh no. ये ये क्या क्या कह रही है? मैं क्या पूछ रहा मेरी प्यारी एक कप चाय अभी अभी अरे अरे सुनो सुनो। कितने दिन से चल रहा है पिछले दो साल से चल रहा है वैसे, वैसे मतलब कितनी पास आई एकदम कुछ नहीं आए पिछले दो साल से वो दूर से ही भाभी को आंटी कहकर बुलाता है और भाभी को आंटी बिल्कुल पसंद नहीं तो है है तो अब अब ना समझ भी होता हो जाता ये तो। हो जाता है कभी कभी मैं भी पागल था जो इस पर विश्वास करती कुछ नहीं बात आपका और मुन्नु वाला मैट बता रहे थे अच्छा मुन्नु और मेरे बीच की बातें कर रहे थे मैंने सोचा हम ब्रो उनके बारे में आते